कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ नहीं नहीं नहीं अच्छा कभी काफी प्यारा हो गया देख सकते हैं काफी काफी पीछे है। है, है। है। में परेशान कर रहा रहा नहीं ब्लॉगिंग मस्त हो चुका है। और शाम के करीब यार बज चुके हैं और फिलहाल बकरी लोग घर जाती हुई ओ, ओ, <laughs> <ने>। <laughs> तो हमारे साथ विक्रम बेजा जा रहे हैं ये हमारे पास एक लेटर है और ड्रॉप रुखिल रुक रुक, तो हेलो भाई लोग अपन लोग जा रहे हैं घूमने के लिए किसी को सुट भी करेंगे तो अपने साथ है थ्री मेम्बर भाई विद्यानंद और ये नहीं पता कौन ने बीच तो में घूमने के लिए निकले था सर दुकान जा रहे हैं घूमने के लिए <laughs> तो क्या करेंगे यार नॉर्मल लाइफ जीना हमको आता नहीं इसलिए घूमने। <laughs> हम लोग रॉन्ग साइड में चल रहे है देखते हैं कोई धक्का मारता है या नहीं मैं दिया दिलान ग्लॉग बनाएंगे आप मस्त वीडियो बनाएंगे चलो चलो चलो भाई आज सुबह हमारी टीम के हाय हाय हाय गाइस गाइस गाइस करियो अटैकिंग फॉर हीरो यस या नो नो तो राहुल जी क्या करेंगे यहाँ या। पे हम लोग का फोटो शूट होने वाला था मस्त इन खेतों के बीच देख सकते कितना प्यारा है और यहाँ पे हम लोग करने वाले फोटो सूट कह गै तो आज किस ब्लॉग में को समय मिलती है आपको नए ब्लॉग में और हम लोगों ने आज जंगल में फोटोशूट कर लिया तब तक के लिए जय हिंद बने मातरम और ये हमारे कुछ फ्रेंड फ्लोड बप रे क्या कर रहा है क्या कर रही है पूरा सारा काम किया नहीं